पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं फिर सर्च के बाद में डॉट सर्च कर लेते हैं जिसकी लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे, दे देंगे सर्च करने के बाद में थोड़ा सा वेट वेट कीजिए हमारा थोड़ा सा नेट शुरू होने के कारण में थोड़ा लेट लग रहा है उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा फुल नेम में सबसे पहले आप अपना नाम भर दीजिए

ईमेल एड्रेस में आप अपना परमानेंट ई मेल एड्रेस डाल दीजिए मोबाइल नंबर में आप अपना रजिस्टर आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भर दीजिए मोबाइल नंबर भरने के बाद रिसेंट ओटीपी क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ जाएगी उस ओटीपी को इंटर ओटीपी में ला के फिलअप कर दीजिए फिलअप करने के बाद टिकट क्रेडिट रिपोर्ट उस क्लिक कीजिए क्लिक करने क्लिक करने के बाद में

हमारा डिशबोर्ड पर क्लिक करें डिशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने लगेगा देखिए हम आपको जूम करके दिखा दे दे रहे हैं उसके बाद में स्क्रॉल करके हम आपको अच्छी तरह से दिखा दे रहे हैं हमारा हमारा सिविल स्कोर आ गया है इसके बाद में आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं हम फिर से आपको इसक्र करके दिखा दे रहे हैं ये हमारा सिविल स्कोर कैसा